तो हमने अभी भी डिस्कस किए तीन चार फार्मूले पे जिसमें हमने बात की आपके साथ मैथ की हमने बात की मीन ईफ की हमने की भी बात की और हमने लार्ज और स्मॉल की भी बात की लेकिन मुझे जो निकालना है वो अलग से निकालना मतलब कि आपके पास अगर सिंगल कंडीशन है तो आप निकाल सकते हैं ये चीज बोला सकते हैं ना बट मेरे पास मल्टीपल कंडीशन कि जैसे मेरे पास नेम तो यहां नेम में मैं पूजा का चाहता हूं मैं चाहता हूं लीला का मैं चाहता हूं मनोज का मनोज मैं देता हूं लीला छोड़ता हूं उसके बाद मेरा सिटी सिटी में मैं पूजा का ओवरऑल सिटी चाहता हूं बट लीला का जो है हम चाहते हैं डाली और मुझे ओवरऑल नो डाइवर्सिटी चाहिए चलिए चलिए उसके बाद यहां पास मेरे पास एरिया है एरिया में पूजा का मुझे नॉर्थ का एरिया चाहिए ठीक है मुझे पूजा का नॉर्थ का एरिया का ओवरऑल चाहिए और नोएडा का भी ओवरऑल चाहिए उसके बाद आता है क्वांटिटी। तो मुझे यहां लीला का ग्रेटर और नोएडा का लेस देन दे का सेल चाहिए अब मुझे इनका ओवरऑल टोटल यहां चाहिए ठीक है सर ओवरऑल टोटल अब यहां भी प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने यहां पे तो मुझे इंडिविजुअल सम इफ्सम सम सम इफ्स लगाने पड़ेंगे अब उनका टोटल करना पड़ेगा क्या हेलो सर तो यह सब तो करने की जरूरत नहीं है हमारे पास एक डेटाबेस फार्मूला होता है उसको जिसको करते हैं डी सम डेटाबेस एनलिस्ट मैर फॉर्मूला इससे किस कैटेगरी के बहुत सारे फॉर्मूले हैं लेकिन सारे फॉर्मूले की खासियत है सबका लगाने का तरीका बिल्कुल सेम तो डेटाबेस को हम सिलेक्ट करते हैं किस फील्ड का टोटल चाहिए तो मुझे क्वांटिटी का टोटल चाहिए सो क्वांटिटी को इन वर्ल्ड में लिख दें या फिर उसके सेल को सिलेक्ट कर लें और क्राइटेरिया इसके बाद हम सारे क्राइटेरिया को इकट्ठा सिलेक्ट कर लेंगे राइट लेकिन ध्यान रखिएगा कि क्राइटेरिया के ऊपर हेडिंग होना चाहिए क्योंकि वो हेडिंग टू तो हेडिंग ही मैच करेगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा तो इसने क्या किया इसने गया इसने सबसे पहले तो इसने आया पूजा पूजा को लिया ठीक है पूजा का एरिया नॉर्थ का लिया तो इसका टोटल लिया इसका टोटल पांच सौ दस इकट्ठा रख लिया ठीक है Okay. फिर उसी तरीके से उसे उसी तरीके से भी क्या हुआ वो लीला कर लिया लीला और लीला के जो है क्वार्टर में ग्रेटर वाला को लिया उसको अलग रख लिया तो ऐसे इंडिविजी वो अपने बैक्री में रख के के फिर उसका सम निकाल रखा समेत ठीक है सर अब डी सम के अलावा और दो फॉर्मुल तो एक बार हम चलते हैं यहां पे एफएक्स में जहां मुझे मेरा फॉर्मूला लिस्ट मिलेगा तो यहां पे मेरे पास जो है डेटाबेस बेस्ट फॉर्मूला लिस्ट दिख रहा है अभी इसके फॉर्मूले को तो एक बार समझिए सारे फॉर्मूले का लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है रिजल्ट अलग अलग राइट डी एवरेज निकाल लेगा काउंट, काउंट नंबर का निकालेगा डी काउंटे नंबर और टेक्स्ट दोनों का निकालेगा लुकअप करेगा लुक की तरह लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम है मैं आपको इसको करके दिखाऊंगा डी मैक्सम नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देगा निकालेगा उसके बाद आपका वेरिएंस निकालेगा और वेरिएंस में इसमें होता है पॉपुलेशन होता है कम करते हैं या आपका डेविएशन है या आपका variance है। में मैं तो सर डेविएशन का फॉर्मूला और वेरियंस का फॉर्मूला सेम दो इस फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल सेम जैसे मान लीजिए मुझे यहां का फॉर्मूला लगाना है तो यहां दी एवरेज का फॉर्मूला हम देंगे हमने डेटाबेस को सिलेक्ट किया इसका एवरेज निकालना है मुझे एमआरपी का एवरेज एमआरपी को सेलेक्ट किया और क्राइटेरिया काउंट right? तो लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है आप पहले डेटा डेटाबेस को सिलेक्ट करो दैन आप सिलेक्ट करो किसका मैक्सिमम निकालना है तो मुझे एमआरपी का मैक्सिम निकालना है और मुझे क्राइटेरिया सिलेक्ट करना ओके okay? जितने में बताए और लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है इसमें कोई चेंजिंग नहीं